एग्जाम के बेसिस पर हम लोग फीचर देखते हैं सी का कौन कौन फीचर होता है यूज होता है एग्जाम के बेसिस पे आप लोग एग्ज़ाम में अगर डाइट डाउन करेंगे तो डिफिनेटरी नंबर आएगा आप लोग का बी सी आई बी टेक यूज करना है कर सकते हैं फीचर का सिंपल लैंग्वेज होता है सी सिंपल लैंग्वेज होता है लैंग्वेज होता है फास्ट स्पीड होता है रन करने में फास्ट स्पीड होता है इसमें छोटा ही लेटर लिख सकते हो आपके सीम में उसके बाद स्ट्रक्चर होता है प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर होता है होता है जो लाइब्रेरी या कंप्यूटर मैनेजमेंट करता है मिडिल लैंग्वेज होता है फिर यूज करते हैं इसमें पॉइंटर यूज होता है और रिकर्सन यूज होता है फिर लैंग्वेज होता है उसके बाद प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है तो कॉमन है सब में पढ़ाया जाता है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग